अरे यार यार। बहुत है। मेरी तो रही है। आ? आ, बहुत बहुत है है है है तो हैं। सही बोला रे आज। ना साथ वाले गांव में बर्फी गोले गिरे हैं। बहुत ज्यादा है आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चारों तरफ अरे यार मेरे तो सारे तरफ का रहे हैं यार बहुत कैसे लग रही है ऐसा ना बोल नहीं तो आपके ठंड इतनी ज्यादा है ना कि गोलो के प्राण निकल जाएंगे पिछले दो दिन ऐसी रहने रही वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड है यार क्यूँकी सूरज नहीं निकला है ना इसीलिए अच्छा यार ये बताओ की यहाँ सूरज क्यों नहीं निकला है अरे यार उसकी मम्मी ने मना किया होगा की कि बहुत ज्यादा ठंडा है कहाँ जाएगा तू हमारे घर दिखे करने यही सोचा ही में इसीलिए नहीं निकला होगा सही बोल रहा है यार तू। और मैं तो भगवान से यही कि सकती कि मैं आज सकूं। वो भी से। इसका मतलब तू ना नहीं है आज मेरी बात सुन ठंडी और इन शर्ट जितना महसूस करेगा ना उतना ही लगेगा और कभी कभी ठंडी लग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा अरे यार समकर, सही बोल रहा है यार। हैं सर्दी के कारण नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और ऊपर ऐसी हाँ दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए मुश्किल में घबराना नहीं ठंडी में नहाना नहीं वाह बोलू वा, क्या बात बोला है तुम्हें बहुत ज्यादा ठंडी है दो लड़को बहुत ज्यादा ठंडी है क्या बोले बच्चा फिर से बोलो नहीं नहीं पापा कुछ नहीं आप बैठी है, बैठी है, आप बैठिए बैठिए अरे बच्चों ठंडियों में ना कहीं कहीं बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है इतनी ठंडी होती है इतनी ठंडी होती है कि लोगों की फटने लगती है क्या? क्या क्या कर रहे अरे बच्चा मेरे कहने का मतलब था जैसे की एड़ी कोठ गाल हाथ खाल ये सब लगता है ना तो वेस्टिन वगैरह लगाना पड़ता है अरे दलिया आज बहुत ज्यादा ठंडी है अरे बापरे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अरे बच्चों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ लेकिन जिंदगी ठंडी लग रही है एक महीने से नहाया नहीं हूँ क्यूँकी बहुत ठंड लग रही है बाबा रह तो कुछ ज्यादा ही आगे लग रहा है नहीं है अरे बच्चों का बताएं तुमको अपनी दिक्कत रजाई का रजाई का मत पूछो रजाई का तो पूछो ही मत रजाई को गर्म करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है और बता दूं तुम सबको आज के टाइम में रजाई को गर्म करना किसी तपस्या से कम नहीं है और जब तक रजाई गर्म होती है तब तक कहीं एक नंबर लग जाता है और कहीं दो नंबर लग जाता है और फिर रजाई के बाहर आओ और फिर रजाई के अंदर जाओ यही सारा दिन करता रहता हूँ मेरी तो रजाई गर्म ही नहीं हो पाती है बस ठंडी ऐसी तड़पता रहता हूँ बाबा यह तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ ही अरे बच्चा तुमको ठंड नहीं लग रही है कहा घूम इधर आओ, इधर आओ रहे होती है।, तो है? है और तुम सिर्फ टी शर्ट पहन के घूम रहे हो कभी टोफी टापी लगा दिया करो अल बैठो बाबा आपकी तरह मैं गुड्ढा थोड़ी ना हो गया हूँ ये मुझे ठंडा लगेगा अभी ना मेरा फूल गर्म है इन लोगों के बीच में बैठूंगा तो मेरा फूल गल नहीं लगेगा आजा बच्चा आजा जाओ बैठा आप तुमको ठंड लग रही है तुम्हारे पैर कब रहे हैं है। है है। आपकी तरह नहीं मैं तो जवान हूँ देखो मेरे को ठंडी ठंडी नहीं लगती है बाबा तुमको एक बार बता दो तुम ना ठंड में चौन प्लाया तो तुम्हारी हड्डिया मजबूत रहेंगी और ठंड भी नहीं लगेगा निकल पहली में निकल, नहीं बेटा नहीं बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इतनी ठंडी में कोई अपने दुश्मन को भी नहीं भगाता। लगाताओ बेटा आओ आओ बैठो बाबा जब आप इतना कह ही रहे हो तो मैं यहाँ ताप लेता हूँ वैसे आज तक मैं आपके पास भी नहीं गया हूँ चल हट थोड़ा सा मुझे भी खिसक गया, खिसक थोड़ा सा मेरा ठंड के मारे हाथ काम नहीं कर रहा है ताप लेने थोड़ा सा अभी तो तेरा रहा था और भी दल्की दल्की ऐसी बात नहीं है आग देख कर ठंड सबको लगता है जैसे पानी देख कर कैप लगता है खाना देख कर भूख लगता है इसी तरह मुझे भी ठंड लग रहा है आग देख कर बहुत खराब आदमी है अपने द्वारा आग जलाया है तो बहुत स्मार्ट बन रहा है ओए, वहाँ पर जाके बैठना है तो क्यों उसके सर पे खड़ा है अरे भगवान दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं ज्यादा बोलोगे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा हुए जा चला अरे बच्चो लड़ाई ना करो लड़ाई ना करो लड़ाई लड़ाई भाग करो कुत्ते का टक्टे साफ करो अरे ऐसे देख रहे हो तुम सब हमको जा बैठो अब अब बाबा एक भी नहीं रुकता ता? अरे बच्चा आप सेक लो बहुत ठंड है आप से, से के। अच्छा तुम लोगों में से कोई बीड़ी का बंडा रखा है अगर रखा है तो बस एक बेड़ी खिला दो बेड़ी हो तो भाई कोई दिला दो ठंडी के माये ऐसी कैसी हो रही है अगर अरे ठंड में बीड़ी का बंजर रखा करो भाई ज्यादा हो रही है अरे बाबा जब हम बीड़ी पीते ही नहीं है तो रखें क्यों वैसे बता ज़्यादा नुकसान होता है अरे तुम लोग सब शांत रहो रेड़ी नहीं मिलेगा क्या ये बताओ पहले मेरे को अमर लगा है बीड़ी पीने से आपको बाबा जी? अरे भेड़ी पीने से ठंडी नहीं लगती है बिल्कुल भी अरेगा आप तो आपको अरे बच्चो आप तुम तो लोगो को बता दूँ की हम आपको तो ताप लिए है अब शरीर के बाहर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है पर अंदर ऐसी ठंड के मारे बिल्कुल बची पड़ी है बस एक दो बेड़ी पी लेता तो अंदर से भी ठंडी हो जाता